या देवी सर्वभूतेषु शक्तिपेणु संस्था नमस्त सय नमस्त सय नमो नमः दुर्गे स्मृता हृतिम भीतिम शेष जनतों स्वस्थ स्मृता मतमतिम शुभम ददासी दारिद्र्य दुख भय हणि कात्म्या सर्वोपकार पराय सदा चिता दर्शको शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ आज से शुरू हो गया है उनतीस तारीख से और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 रविवार दिन रहेगा सूर्योदय होगा प्रातः 6 बजकर 1 मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को 5 बजकर बावन मिनट पर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा रहेगी दर्शकों 8 बजकर 14 मिनट शाम तक की नक्षत्र रहेगा हस्त इसके उपरांत चित्रा नक्षत्र रहेगा करण रहेगा किस्तुधन इसके उपरांत वम और अंतिम करण जो रहेगा ये रहेगा बालोकरण योग रहेगा ब्रह्म इसके उपरांत इंद्र योग रहेगा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 जा सकते हैं माता के दर्शन करने के लिए आज जो कोई डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा दिन रहने वाला है काम में सफलता पाने के लिए आज, आज आपको बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी यदि आज आप जो है शादीशुदा है तो आज किसी भी काम को शुरू करने से पहले जीवन साथी की एक बार राय और सलाह जरूर ले लीजिएगा कुछ मामले में आज, आज आप अपनी बातों पर कॉन्फिडेंस नहीं रह पाएंगे आज आपका मन पूजा पाठ में अधिक रहेगा आज कोई नया दोस्त बनाने से पहले आपको अच्छी तरीके से सोच विचार कर लेना चाहिए और आज के दिन शाम तक की आपकी कुछ समस्याओं का जो है निवारण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो गायत्री मंत्र की 108 बार आप लोगों को जाप करना है और दुर्गा जी को आज इलायची जरूर चढ़ाइएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा कोरल ब्लू कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा छेद शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्षिण दिशा